यहाँ की बात वहाँ करने वाले यहाँ की बात वहाँ करने वाले खुश रहते हैं ये आग लगाने वाले यहाँ की बात वहाँ करने वाले खुश रहते हैं जे आग लगाने वाले और सच पर यकीन तो कोई करता नहीं और सच पर और यकीन तो कोई करता नहीं जो झूठ पर ताली बजाते हैं जमाने वाले